तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप आप लोग अच्छे ही होंगी तो अगर आप लोग के भी फोन में ये प्रॉब्लम सो हो रहा है एसडी कार्ड अनवेलेबल का तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आया तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और हम हाँ जो बेलाइक है उससे भी प्रेस कर दिया था हम लोग कभी बीच तक की वीडियो लगाए तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कभी फोन में ये वाला प्रॉब्लम सो हो रहा है एस कार्ड अनवेलेबल का तो मैं आप लोग को बता दो चाहे आप लोग किस तरह के किस तरह से आप लोग इसे फिक्स कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस आप लोगों को यहाँ पे अपने पावर ऑफ बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है जैसे तो मैं कर रहा हूँ करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को रिस्टार्ट वाला ऑप्शन दिख होगा तो आप लोग के फ़ोन में यहाँ पर रिस्टार्ट वाला ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आप लोग को रिस्टार्ट पे तक देना है और ये आप लोग देख सकते हैं कि फोन रीस्टार्ट होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते ऑन हो गया यहाँ पे लोडिंग दे रहा है अगर आप लोग का एक बार आप लोग यहाँ पे फॉल मैनेजर में जा के यहाँ पर आप लोग देख लेंगे अगर आप लोग का यहाँ पे एसडी कार्ड का ऑप्शन शुरू होता है तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया अगर नहीं होता है तो आप लोग को सिंपली बैक करना है पैक करने के बाद आप लोग अपने एच कार्ड को निकाल लेंगे बाहर सिम स्लॉट से उसके लिए आप लोगों को इसकी मदद लगेगी अगर ये आप लोग के पास नहीं है तो कोई भी पिन चल जाएगा जैसे आप लोग सिम स्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे कैसे करना है आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन के यहाँ पे साइड में एक छोटा सा होल दिख रहा होगा जो कि सिम स्लॉट का है आप लोगों को इसको सिंपली यहाँ पे डाल देना है डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रेस करना है प्रेस करने पर आप लोग देख सकते हैं कि ये खुल गया है मैं इसे निकालूँगा निकाल ले रहा हूँ इसे और ये आप लोग देख सकते हैं मैं इसे ऐसे करके निकाल रहा हूँ उसके बाद मैं इसे फिर से वापस इसे डाल दे रहा हूँ डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसका जलो वाला पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ पे जो बार जैसा बना हुआ है इसको आप लोगों को साफ करना है इस इरेजर की मदद मतलब से जी हाँ फ्रेंड्स आप लोग इसे मतलब पेंसिल के लिखावट को जो इरेस करते हैं वही वाला इरेजर से आप लोगों को यहाँ पे स्मूथली आराम आराम से यहाँ पे साफ़ कर लेना है यहाँ पे आराम आराम से एकदम अच्छे तरीके से साफ कर लेना है करने के बाद आप लोग एक बार इस एस डी कार्ड को यहाँ पे डाल के देख लेंगे आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ पे ऐसे डाल के प्रेस करना है लिख खुल जाएगा मैं ऐसे खोल देता हूँ उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह इसे डाल लेना है अपने फ़ोन में डालने के बाद आप लोग इसे बंद कर देंगे और यहाँ पर एसडी कार्ड यहाँ पे प्रिपेयर एसडी कार्ड यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे मैं कुछ देर वेट कर लूंगा है यहाँ पे एसडी डी कार्ड अवेलेबल था सोल्व नहीं हो रहा थाने तो जाकर देखे आप लोग आ गया एस कार्ड अवेलेबल था जो प्रॉब्लम था वो हो गया है फिर अगर आप लोग की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ होगा हो तो चलिए मैं आप लोग को बता दूँगा आप लोग को क्या करना है सबसे पहले तो फिर से आप लोग को यहाँ पे अपना एस डी कार्ड को खोल लेना है खोलने के बाद आप लोगों को इस एच कार्ड को किसी दूसरे फ़ोन में इंसर्ट करना है चलिए मैं आप लोगों को इंसर्ट करके दिखाता तो यहाँ पे अब मैं इस एसडी कार्ड को आप लोगों को एक फ़ोन में डाल के दिखा दूँगा मैं इस फ़ोन में इस एसडी कार्ड को डालूंगा ये एक सैमसंग का फ़ोन है मैं इस पर डाल दूँगा ये आप लोग देख सकते हैं मैं ये वाला पिन को फिर से मैं बस इस पर डाल हल्का सब प्रेश करूँगा और ये खुल जाएगा खुलने के बाद मैं इसे निकालूँगा निकालने के बाद मैं इसे दोबारा सा दोबारा से इसे रख के मैं बस इस पर ऐसे करके डाल दूँगा डालने के बाद आप लोग को ये देखना है कि इस फ़ोन में ऐसे फ़ोन को आप लोग को लेना है जिस फ़ोन में ये एस डी कार्ड रन करे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाके एस डी कार्ड यहाँ पे आ रही है कि नहीं मैं यहाँ पे इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एस कार्ड रन कर रही है इस फ़ोन पर मैं इस पर बैग जाके आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेना ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन होगा तो आप लोग सर्च मार लेंगे अगर नहीं है तो आप लोगों को नीचे आके सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके स्टोरेज एंड रेम पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे एसडी कार्ड वाला ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पर मैं सर्च मार लूँगा इस्टोरेज यहाँ पर आप लोग चाहे तो एक बार अपनी फ़ोन में भी ये ट्राई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे मैं आ यहाँ पर एच डी कार्ड का शो नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड फ़ोन है मैं यहाँ पे एडवांस पे जाऊँगा एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एच डी कार्ड का शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग सबसे पहले तो इसे अनमाउंट कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनमाउंटिंग दिखा रहा है उसके बाद ये माउंट अनमाउंट हो गया उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्लिक करके माउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है करने के बाद यहाँ पर देख सकते एच डी कार्ड माउंटेड हो गया है तो यहाँ पर आप लोगों को बाइक आ जाना है आने के बाद इस एसडी कार्ड को दोबारा निकाल के आप लोग को अपने फ़ोन में डाल देना है यहाँ से आप लोग ये बैक आके यहाँ पे आप लोग को ये एसडी कार्ड को इस फोन से निकाल के आप लोगों को अपने अपने फ़ोन में एसडी कार्ड को इंसर्ट करके एक बार देख लेना है तो मैं अब इस फोन में एसडी कार्ड को इंसर्ट कर दूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर आया है कि नहीं एस कार्ड ऑप्शन मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं। डालने के बाद यहां पे इंसार्ट कर दिया उसके बाद यहां पे आप लोग को तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है सिस्टम यू आई की तरफ से रिपेयरिंग एच डी कार्ड तो साइंस लग दौर तो के आ गया होगा यहां पे मैं फाइल मैनेजर पे जाता हूं। ये आ गई है आप लोग देख सकते हैं एच कार्ड का यहाँ पर आपशन अगर फिर भी आप लोग का यहाँ पर शॉप नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना है आने के बाद यहाँ पे चेकिंग पे जाना है सिस्टम मैनेजमेंट पर जाकर यहाँ पर आप लोग राम स्टोरेज प्लेस पर जाना है ट स्पेस पर क्लिक करने के बाद एक बार आप लोग को यहां पे चेक करना है कहीं ये वाला माउंट एसडी कार्ड यहां पे अगर आप लोग को लिखा रहा होगा तो यहां पे आप लोग को एक बार यहां पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा यहां पे आप लोग का अनुमान एच डी कार्ड यहाँ से स्पेस आ गया है अगर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रिक्वेस्ट करिए ताकि मैं कभी भी सबसे पहले आप लोग के पास जाए तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर